हेलो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रैम के बारे में रैम क्या है उसके क्या उपयोग हैं और अगर हम एक नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें कितनी रैम का होना आवश्यक है उससे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में जहां हम टेक्नोलॉजी से संबंधित नए नए वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेलाइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर रैम क्या है इस सब से लगभग स्मार्टफोन यूज़ करने वाले लोग परिचित हैं जब आप एक नया मोबाइल लेने जाते हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर रहता है कि आपको कितनी रैम वाला मोबाइल लेना है जिससे आपको आगे चल मोबाइल में कोई दिक्कत ना आए रैम की बात करें तो ये मोबाइल हो या कंप्यूटर सभी डिवाइस में महत्वपूर्ण तो चीज़ें क्योंकि इसके कारण ही डिवाइस बेहतर काम करती है अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताने वाले हैं कि रैम क्या होती हैं और आपके मोबाइल या कंप्यूटर में कितनी रैम होनी चाहिए तो आपको बता दें कि रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसकी फुल फॉर्म से तो रैम के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा तो एक साधारण उदाहरण से समझेंगे कि रैम क्या है मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपको काम करने के लिए एक फ़ाइल की ज़रूरत होती है और वो फाइल किसी दूसरे कमरे में रखी हुई है और जब आपको काम करना होता है तो आप उस फाइल को दूसरे कमरे में से लाएंगे डेस्क पर रखकर काम करना शुरू कर देंगे एक समय ऐसा आता है जब आपको एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं इसके लिए आपको बहुत सारी फाइलों की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा फाइलों को रखने के लिए बड़ी डेस्क की भी जरूरत पड़ेगी जब आपको कोई सा भी काम करना होगा तो आप डेस्क से फाइल उठाकर काम करने लग जाएंगे और जब काम ख़त्म हो जाएगा तो फाइलों को उठाकर उसी कमरे में वापस रख देंगे मोबाइल में रैम भी कुछ इस तरीके से ही काम करती है जो फाइल वाला दूसरा कमरा है वो है आपके फ़ोन की इंटरनल मेमोरी जिसमें आपके फाइल और ऐप है और डेस्क को आप रैम मान सकते हैं जिस पर आप काम करते हैं तो इसका काम आपके आदेशानुसार किसी ऐप को ला रन करना होता है क्योंकि ऐप को रन होने में चंद सेकेंड का वक्त लगता है ये इसलिए होता है क्योंकि रैम की स्पीड बहुत फास्ट होती है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक गीगाबाइट रैम को बनाने में उतना खर्च आता है जितना कि सोलह मेगाबाइट की मेमोरी कार्ड में बनाने में आता है सीपीयू जो फाइल सीपीयू को जो फाइल चाहिए होती है रैम उन्हें जल्दी से जल्दी भेजने का काम करती है जब आप किसी गेम को इंस्टॉल कर लेते हैं तो वो रैम में नहीं बल्कि फ़ोन की, की इंटरनल मेमोरी में सेव हो जाते हैं और उसी में इंस्टॉल रहते हैं जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो इंटरनल मेमोरी से रैम में आ जाते हैं और रैम काम करने लग जाती है इसी बीच सी और रैम के बीच बहुत तेज़ी से इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है लेकिन जब आपकी मोबाइल या कंप्यूटर की रैम कम होती है और आप कोई बड़ी ऐप खोल लेते हैं उसे रन करवा रहे हैं तो मोबाइल या कंप्यूटर हैंग होने लग जाता है इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा रैम मल्टीटास्किंग के लिए उपयोगी है रैम क्या है इस ये तो आप जान गए होंगे अब ये जानना चाहते होंगे कि रैम कितनी होना जरूरी है आज के टाइम में कम से कम थ्री जी रैम कम से कम होनी चाहिए क्योंकि आज के ऐप की साइज धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे फेसबुक की बात करें तो वो जब ओपन होती है तो दो से तीन रैम खर्च हो जाती है फेसबुक ही नहीं बल्कि सब ऐप की साइज़ बढ़ते जा रही है इसलिए आप चाहते हैं कि हमारा मोबाइल अच्छा चले तो कम से कम थ्री जी बी रैम का मोबाइल लें इसलिए आपको मोबाइल हैंगिंग की समस्या कम रहेगी आपको जितना हो सके ज़्यादा रैम की डिवाइस ख़रीदनी चाहिए क्योंकि रैम एक ऐसी चीज़ है जिसे बाद में बढ़ाया नहीं जा सकता लेकिन कंप्यूटर में बढ़ाने का ऑप्शन है मोबाइल में नहीं है बट कोई ऐप बढ़ाने का एक ऑप्शन देते हैं बट उससे कोई मतलब नहीं रहता इसलिए कम से कम